हरे कृष्ण सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवगी गीता क्लास में तो हम मंगलाचरण करते हैं ज्ञान शलाकया चक्षुरा निमित ये ना तस्मे श्री गुरव नम श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित ये भूतले स्वयं रूप सपदांतिकम ददाते सपदा वंदेहम श्री गुरश्रीयुतापकमल श्री गुरोन वैष्णवाश्रम सहगढ़ रघुनाथ सजीव साधुम सवधूत पिजन सहित कृष्ण चैतन्यम श्रीराधा कृष्ण पादान सहगढ़ ललिता श्री विशाखा विशाचा हे कृष्णकुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता, राधा गोपिकाधाकांता नमस्ते सप्तकाचन गौरांगी राधे वृंदा भुवनेश्वरी ऋषुभासुते प्रणमा हरि प्रि वाछाकूस्पा सिंधुभ्य वच पथिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतनिया प्रभु नित्यानंद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 श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते देवे सारस्वती दौरवाणी प्रचारिशन पात हरे कृष्णा ठीक है हम शुरू करते हैं ओके भगवत गीता थारूप अध्याय दस श्लोक क्रमांक इक्कीस तो अभी तक जो वर्णन चल रहा है भगवान की विभूतियों का वर्णन चल रहा है तो उसमें आज भी भगवान अपनी सहलाद काल और सिंह और गरुण चार विभूतियों के बारे में आज भी भगवान बताएंगे तो हम फिर श्रवण करते हैं रेखा नहीं आई मिस कॉल मार नहीं फिर आप में देखता हूँ ठीक है ओके ठीक है हम शुरू करते हैं जो आएगा जो आएगा जो आएगा, जो आएगा नहीं आएगा ठीक है प्रहलादास्मी दैत्या काला कलयतामहम मृगा मृगेन्द्रोहम वेनतेश्च पक्षीण प्रहलादाश्चास्मी दैत्याम काला कलयतमाह मृगा मृगेन्द्रोह वेनते पक्षीण दैत्यो में मैं प्रहलाद हूँ दैत्यानाम प्रहलाद शी दैत्यानाम यानी दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं काला कलय तमाम दमन कम दमन किसी का दमन करने वाले में मैं काल हूं यानी काल एक ऐसे चीज है जो सबका दमन कर, सब कर देती है यानी सबको ठंडा कर देती है यानी सबको मजा चखा देती है या फिर बोले कि सबकी खबर लेती है कोई भी मीनिंग समझ सकते हैं मीनिंग मैन है कि सबको ठंडा कर देती है कोई कितना भी उड़ रहा हो कितना भी पहलवान हो कितना भी बलशाली हो अपने आप को खूब बड़ा चढ़ा समझ रहा हो पर काल एक ऐसी चीज है वो उसका भी दमन कर देती है ठीक है तो हमें समझना है क्या बोल रहे हैं दमन करने वाला तो ये काल सबका सबको ठंडा कर देता है जैसे कि कितने भी महान महान लोग हुए हैं जो इस जगत में कितने भी महान महान लोग हो काल सबको ध्वस्त कर देता है यानी आज जो बहुत महान है कल काल उसको बिल्कुल ध्वस्त कर देगा जैसे कि एक हॉलीवुड की मूवी आई थी द टर्मिनेटर ऐसे करके तो उसमें वो इतना ताकतवर था कि उठा के गाड़ी रख देता अगर ऐसे रियल में देखेंगे तो इतना बूढ़ा हल्का हड्डी सा है कि पहले खूब था बॉडी बिल्डर लेकिन अब काल के द्वारा बिल्कुल ठंडा हो गया है बिल्कुल ध्वस्त हो गया है ठीक है आगे बोल रहे हैं मृगाड़ाम चा पशुओं में मैं सिंह हूं सिंह क्यों बोल रहे हैं लेकिन इसमें मरोगो इंद्र लिखा है इंद्र क्यों लिखा है इंद्र तो स्वर्ग के राजा इंद्र है इंद्र एक पोजिशन है इंद्र मतलब राजा जैसे कि उपेंद्र कौन है राजा अभी इंद्र का नाम क्या था अब जो भी था पुरे, पुरेंद्र था कुछ ऐसे था तो ऐसे ही इंद्र मतलब राजा जंगलों का पशुओं में राजा कौन है तो कह रहे हैं सिंह यानी शेर ठीक है लास्ट में कह रहे हैं दैनिक पच्चाम विनीता वैन मतलब विनीता मतलब विनीता की जो बेटे गरुण हैं वो पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ है यानी तो पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ गरुण हैं गरुड़ मतलब विनीता के पुत्र एक दि के पुत्र एक के विनीता के पुत्र तो नहीं नहीं कद्रु के पुत्र विनीता के पुत्र जो कद्रु के पुत्र हैं वो सांप सर्प इत्यादि हैं और जो विनीता के पुत्र है वो देवता इत्यादि है मतलब देवता नहीं देवता तो द्विती के हैं मतलब पक्षी जो गरुड़ हुए थे जो पक्षियों में राजा हैं वो विनीता के पुत्र है ठीक है हम टेक्स्ट पढ़ते हैं टेक्स्ट पढ़ने से पहले मैं काल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं जो काल है तो ये काल किस किस पे कार्य करता है काल तो सभी पे कार्य करता है सभी की आयु छीन कर रहा है और अभी कोई भी कितना महान बलवान हो, पर काल उसको ठंडा कर देता है लेकिन जो भगवान कृष्ण के भक्त है जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं उसको काल ध्वस्त नहीं कर पाता क्योंकि वो काल के साथ साथ भक्ति में बढ़ रहे हैं आगे बाकी लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं तो वो तो उनके तो आयु छीन हो रही है और वो ठंडे कर रहा है काल के वश में है वो लेकिन जो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है वो तो पल पल पल पल टिक टिक काल क्या कर रहा है ऊपर चढ़ा रहा है उसको कहाँ ले जा रहा है भगवान के धाम की तरफ ले जा रहा है काल तो काल उनको ध्वस्त नहीं कर रहा यानी भगवान कृष्ण की भक्ति जो कर रहा है जो भक्त है उसको काल ध्वस्त नहीं कर सकता कर रहा है लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं है उनको काल ध्वस्त कर रहा है सभी को तो हर वस्तु को काल छ कर रहा है देख रहे हैं ना आज लैपटॉप है कल धीरे धीरे खराब हो जाएगा छीन हो जाएगा आज कोई बॉडी बिल्डर है कोई है कोई पहलवान है हैंडसम है कल को बूढ़ा हो जाएगा या फिर अगर नेचर कॉल आई किसी को तो रोक सकता है वो तो काल के हिसाब से आ रही टाइम के हिसाब से आ रही है तो जाना ही पड़ेगा तो हर काल हर किसी को ठंडा कर देता है बताया जा रही है पर जो भक्ति कर रहा है काल के साथ उसकी भक्ति बढ़ती जा रही है काल उसको छू नहीं सकता कितनी अद्भुत बात है और ये सुनने से भक्ति में फिर श्रद्धा होती है कि देखो यार काल तो भक्तों को छू भी नहीं सकता भक्त काल तो और सहयोग कर रहा है कि और हम चढ़ते जा रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो कितनी अद्भुत बात है तो बात यह है कि काल सबको ठंडा कर देगा बस भगवान के भक्तों को छोड़ ठीक है ओके अब पढ़ते हैं दैत्यो में मैं भक्त राज प्रहलाद हूं दैत्यो में मैं भक्त राज प्रहलाद हूं तो प्रहलाद अहलाद आल्हाद का मतलब होता है आनंद यानी भगवान को आनंद देने वाले प्रहलाद तो भगवान को आनंद देने वाले हैं वो हैं प्रहलाद जैसे कि दैत्यों में सबसे मेन जो राक्षस है वो हिरण्य हुआ है दैत्यो में पर उसमें असली दैत्य में जो श्रेष्ठ हैं वो प्रहलाद है असली दैत्यो में जो श्रेष्ठ है जिसकी भगवान अपना मान रहे हैं जिसको भगवान बता रहे जो मुझे आलाद देते हैं आनंद देते हैं वो प्रहलाद है और इनके भी गुरु कौन थे प्रहलाद महाराज के गुरु कौन थे कौन थे गुरु प्रहलाद प्रहलाद गुरु कौन थे प्रहलाद प्रहलाद प्रहलाद प्रहलाद महाराज महाराज महाराज के नहीं जया जया प्रेलाद प्रेलाद। वान गुरु थे प्रेलाद। अरे प्रहलाद नरसिंह भगवान की तो भक्ति करते थे ना नाम लेते थे ना विष्णु वो तो वो तो विष्णु नरसिंह रूप में आए थे ना उनको रक्षा करूंगा जब उसके पिता ने बहुत दंड दिए कहीं अग्नि में जलवाने की कोशिश करी कहीं पहाड़ों से फेंकवाया कहीं उससे अपने जो उसके दूध थे उनसे जो भाला है भाला से कुचलवाया कहीं कुछ कराया इतने सारे कष्ट दिए फिर भी वो भगवान के भगवान विष्णु के भक्ति में डटे रहे और क्या बोलते रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाया ये बोलते रहे जब करते रहे इस नाम का तो फिर भगवान आए ना पत्थर में जब वो बिल्कुल मारने वाला था कि कहाँ है भगवान दिखाओ तो मैंने बोला ना जितने महान मान भक्त है उनके गुरु नारद हैं नारद मुनि भी पीछे निकले ना तो जितने महान मान भक्त है उनके गुरु कौन है नारद मुनि है तो इनके गुरु भी नारद मुनि ही हैं किनके प्रहलाद महाराज के तो जब कयादु थी कयादु मतलब जो हिरण्य की पत्नी और हिरण्य का बेटे कौन है पुत्र कौन है प्रहलाद तो जो कयादू थी तो कयादू जब गर्भवती थी तो नारद मुनि से वो कथाएं सुनती थी नारद मुनि से भगवान का गुणगान सुनती थी कौन कयादु तो कयादु कभी कभी क्या सुनते सुनते भी जाती थी लेकिन भक्त प्रहलाद महाराज अंदर थे वो बड़ा ध्यान से सुनते रहते थे तो सुनते सुनते सुनते सुनते क्या वो भगवान के भक्ति में एकदम वो हो गए और फिर जब जन्म हुआ तो भगवान के भक्त निकले एक तो ये कारण ठीक है तो नारद मुनि में शिक्षा देते थे मतलब किसको कयादू को तो कभी कभी कयादू जबकि मैं आ जाती थी पर प्रहलाद महाराज सुनते रहते थे अब कोई दैत्यु में अगर दैत्य लोग बोले अरे ये कैसे हो सकता है हम लोग तो दैत्य कुल के हैं तो प्रहलाद कैसे आ गया प्रहलाद कैसे आ सकता है अरे दैत्य आना चाहिए हम लोग नेगेटिव लो एनर्जी हैं नेगेटिव बलशाली हैं हम हम लोग असुर हैं हम देवताओं पे राज करने के लिए पैदा हुए हैं और सामान्य लोगों को परेशान करने के पैदा हुए हैं तो ये प्रहलाद कहाँ से आ गया तो बोले की दैत्य होना चाहिए था प्रहलाद कैसे आ गया तो प्रहलाद कैसे तो बता दे साधु संघ से प्रहलाद ने साधु संघ कब किया कितनी साल में था संग, ने? संग किया था साधु का संग किया था संघ प्रहलाद में थे में ही किया साधु साधु बेनिफिट है और कितना इम्पोर्टेंट भक्ति में साधु संघ साधु संघ सर्वशास्त्र का है इसलिए सारे शास्त्र कहते हैं साधु संघ तो हमें यह समझना चाहिए तो साधु संघ से नारद मुनि जब कयादु को सुनाते थे तो कयादु कभी कभी सुनती थी, कभी कभी नहीं भी सुनती थी, थे meeting, भक्त प्रहलाद महाराज उनके अंदर सुनते रहे थे थे। तो इसलिए तो सर्वश्रेष्ठ देट, कौन है तो प्रहलाद ही सद महाराज है जो उनको आनंद देते हैं जो उनको तसली देते हैं जो उनका भजन करते हैं उनकी आराधना करते हैं तो प्रहलाद महाराज सुनते थे तो कथा एक और कथा है कि प्रहलाद महाराज दैत कुल में भक्त का जन्म कैसे हो गया तो मैंने पढ़ा नहीं है बट मैंने सुना है इस कौन सी नरसिंह पुराण में कथा आती है पुराण में क्योंकि नरसिंह भगवान के वो हैं है तो नरसिंह पुराण में एक कथा आती है कि जब हिरण्यकशपू तपस्या करने गया तो तपस्या करने गया तो वो तपस्या कर रहा था ब्रह्मदेव का ओम ब्रह्मा नमः जो भी उस मंत्र ले रहा था तपस्या का तो वहां पे एक नारद मुनि और एक पर्वत मुनि ये दोनों मित्र मित्र ही है नारद मुनि पर्वत मुनि ये दोनों चिड़िया के रूप में आते हैं और वहां पे कृष्ण और विष्णु का गुणगान करने लगते हैं अब वो हृदय कश्य को सुन रहा था तो जो असुर लोग होते हैं ना भगवान वैसे डिस्टर्ब नहीं होंगे वो खूब कुछ भी करो मतलब उन्हें डीमक खा जाए चीटी खा जाए बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें पानी फेंको लेकिन कोई अगर भगवान का नाम ले रहा होगा तो ये बड़ा दिक्कत हो जाती है उनको भगवान का नाम अगर कोई ले रहा होगा तो अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं तुरंत मतलब बहस में आते हैं तो भगवान का नाम किसने ले दिया ये तो इसलिए भगवान को गुणमान कर रहा है ये सुन रहा कृष्ण कृष्ण विष्णु विष्णु कृष्ण ये विष्णु इसका दिमाग खराब हो गया और तपस्या तोड़ के घर आ गया क्या ना तो सारा राग खराब कर दिया इन दो चिड़ियों ने कृष्ण कृष्ण विष्णु विष्णु कृष्ण विष्णु सारी तपस्या का खराब राग कर दिया फिर से करनी पड़ेगी तो इतना आया घर पे तो क्या पूछती तो बहुत परेशान लग रहे हो क्या बात है तो कहता है अरे पूछो मत मैं तपस्या करने गया था लोग तपस्या नहीं करने देते। क्रिष्न, क्रिष्न, विश्न, विश्न, विश्न, विश्न, कर देते खराब कर दी तो इसी फ्रस्ट्रेशन में मतलब कांग्रेस में करता है तो फिर जाहिर सी बात है कृष्ण कौन सा संतान उत्पन्न हो तो एक ये रीजन बताते हैं ये नरसिंह पुराण में कथा आती है इसकी ठीक है तो एक ये रीजन था कि दैत्य कुल में भक्त प्रहलाद महाराज कैसा गया और जब भक्त प्रहलाद महाराज जब घर में थे जब क्या को वो ऋषि मुनि के यहाँ छोड़ देते हैं कि मैं तपस्या करने जा रहा हूँ आप यहाँ नारद मुनि तुम देखभाल करना सही से मैं तुम पे जा रहा हूं। तो फिर नारदी तो मुझे तो, है, तो, तो भक्त बन जाते हैं ठीक है तो ये तो प्रहलाद महाराज दूसरे क्या है दमन करने वालों में मैं काल हूं यानी दमन करने वाले में मैं काल हूं तो काल चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो फिक्स पैक हो दोले शोले हो सब हो पर काल धीरे धीरे सबका दमन कर रहा है लोग है ना जिंदगी का पुरुषार्थ इसी में समझते हैं कि हम बॉडी बिल्डर हो अच्छा वो बस इसी में इसी में तो समझते लेकिन ये तो काल के द्वारा छीन ली जाएगी थोड़ी दिन बाद ही तो काल सबका दमन कर रहा है तो जितने भी हलकट पहलवान ये सब हैं वो सब वीक हो जाते हैं तो काल सबको वीक कर देता है तो देखो तो काल ही सब कुछ कर रहा है यानी काल ही तो सब कुछ कर रहा है ना सबको ध्वस्त कर रहा है सबको नष्ट कर रहा है काल कर रहा है लेकिन भगवान क्या करें मेरी विभूति है काल कह रहे हैं ना तो काल, नहीं। मतलब काल भी कौन है मतलब जितने भी हलकट है तो काल से कोई नहीं बच पाया काल का चक्र चलता रहता है और उसमें सब पिसते रहते हैं अब सोचो टिक टिक, टिक, टिक, टिक जो घड़ी चल रही ना वो घड़ी कभी रुकती नहीं अपनी गली बली खराब हो जाए पर वो टिक टिक चली रही है हम सोच रहे हैं ना अब अगले साल नया साल कब आया इसकी शादी कब आई ये कब आया आती जाती हैं चीजें निकलती जाती हैं आती जाती हैं निकलती जाती हैं आती जाती निकलती जाती है, जाती है, निकलती जाती है, जाती है, निकलती है समय चली रहा है कंटिन्यू और हम उसमें पिस रहे हैं मतलब जो भक्ति नहीं कर रहा उसका काल क्या है छीन कर रहा है नष्ट कर रहा जो भक्ति कर रहा है उसकी तो भक्ति बढ़ रही है ना काल के हिसाब से मान लो आज सोलह माल आज आठ माला तो कल फिर सोलह माला में बढ़ रहा है तो यानी काल क्या कर रहा है काल से बढ़ रहा है ना वो तो भगवान की तरफ यानी उसे कोई दिक्कत नहीं काल छीन नहीं कर लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है वो क्या हो रहा है उसको काल सारा कुछ नष्ट कर रहा है ध्वस्त कर रहा है तो इस काल से कोई नहीं बच पाया जैसे कि लोग कहते हैं ना अरे टाइम पास के लिए मुगफली ले लो ऐसा लग रहा है कि टाइम रुक गया है है ना टाइम रुक रहा है टाइम पास मतलब टाइम रुक गया है, निकल नहीं रहा तो मुंगफली खा लो ऐसे ऐसे लोग हैं टाइम पास के लिए टाइम तो भैया किसी की नहीं रुकता ठीक है तीसरा क्या है पशुओं में मैं सिंह हूं तो देखो हालांकि पशु है लेकिन भगवान की विभूति है किसमें शेर में क्यों क्योंकि पूरे जंगल का राजा शेर है और वैसे भी अगर हम किसी को कोई आ, देते हैं बहादुर मतलब, हो शेर की तरह बहादुर हो शेर शेरण ना, ना, की तरह बहादुर शेर की तरह बहादुर हो तो यानी शेर मतलब पावरफुल तो वो विभूति भी, भी कृष्ण है लेकिन ये नहीं अब, अब जंगल जाओ और पशु में देखो शेर कहा है। उसकी आरती करने लगो जाके से है ना मारे जाओगे तो सिंह पशुओं में सिंह हूं कभी अगर बहादुरी की उपमा दी जाती है तो शेर की दी जाती है कि शेरों में बहादुर है हाँ अब ये नहीं कि अगर ले, अगर पत्ती लेकर पहुंच जाए वहां पे ठीक है पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ ये बड़ा इंटरेस्टेड है ये बहुत पावरफुल है क्यों गरुड़ क्यों पावरफुल है क्योंकि विष्णु के वाहन है बताते हैं कि ये उन्हें कैसे वाहन बनी वो तो बताते हैं कि जो विनीता थी तो विनीता थी और तो विनीता शौथ थी कन्द्रू ये उनकी कश्यप मुनि की पत्नी थी कश्यप मुनि की तेरह पत्नी थी तो उसमें से एक कद्रू भी थी और एक विनीता भी थी तो कद्रू ने जन्म दिया था जिन्हें सर्फ जो सांप नाग सर्फ मतलब ये सब चीजों को और जो विनीता थी तो मतलब ये पहले की बात है कि जब साप आप थे लेकिन विनीता के मतलब अः पक्षियों में गरुड़ नहीं थे तब तो इनको घोड़ लग जाती एक है एक बार सफेद घोड़ा देखते हैं वही जो अमृत से निकला था ना सफेद घोड़ा तो कदरू कहती है अरे पूछ काली है इसकी मेरे नहीं सफेद है कि नहीं काली है अच्छा हो जाए होड़ अच्छा क्या शर्त है फिर शर्त रखते हैं कि अगर काली निकली तो तुम तो मेरी दासी बन जाओगे और तुम्हारे सारे पुत्र दासी होंगे और अगर व्हाइट सफेद निकली तो मैं तुम्हारी अपने पुत्रों को सहित चलो ठीक है लगी अब ये बात पता चल सर्पों को सर्प है ना वासुकी वगैरा ये सब वही से आए कदरू से तो अब बात पता चल उसको क्या रे मेरी माँ ने ऐसे ऐसी शर्त रखी है और पूछ तो सफेद है तो हम लोग तो फिर दास बन जाएंगे जब मेरी माँ दासी बन तो हम भी दासी बन जाएंगे हम तो फिर वो जो विनीता है उसके लड़कों के दास बन जाएंगे बेपुत्रों के तो वो क्या कहता है कि वो पूछ पे जाकर दिखाया जाता है, तो पूछ पे जाके वो ऐसे करके बैलेंस होकर लिपट जाता है की दूर से पूछ काली रखती है तो देखो काली है ना आ, काली है काली है. तो इस तरीके से उसके बाद फिर गरुड़ का जन्म होता है तो गरुड़ को पता चलता है कि मेरी माँ तो मतलब मेरी माँ है वो तो दासित्व में है कदरू के तो कैसे तो वो कद्द्र के पास जाते हैं कि मैं और मेरी माँ कैसे दासित्व से फ्री हो सकते हैं तो कहते हैं कि आप एक काम करो आप अमृत ले आओ अमृत ले आओ अमृत हमें दे दो तो मैं अमृत पी लूंगी और मेरे पुत्रों को पिला दूंगी सांप वगैरह जो है इनको पिला दूंगी मैं आपके फिर मतलब माँ को दासित्व से फ्री कर दूंगी तो अमृत कहाँ है स्वर्ग में मंथन में निकला तो स्वर्गीय तो ले गए थे राजेंद्र ले गए थे तो वहाँ पहुँच गए वो तो पहले तो प्यार मतलब युद्ध भी होता है वैसे इंद्र में और गरुड़ में लेकिन गरुड़ तो मोर पावरफुल क्योंकि वाहन मतलब मतलब मोर पावरफुल थे तो तब भगवान के वाहन बने नहीं थे लेकिन मोर पावरफुल थे तो बड़े चतुराई से मतलब बड़े अच्छे से लेके आए थे तो उन्हें बोला इंद्र से कि देखो मुझे ऐसा जरूरत है दे दो अमृत तो वो इंद्र कहते हैं कि देखो अमृत तो नहीं दे सकते आपको पता है ना कि सर्व वैसे भी शक्तिशाली है अमृत पी लेंगे तो और हहाकार मचा देंगे ये तो करे काम करते हैं अमृत दे दो मुझे और अमृत मतलब जैसे ही मेरी माँ अमृत में दिखाऊंगा और जैसे ही ये दासु से फ्री कर देगी वैसे अमृत तुम चुरा के ले आना तुम इंद्र हो तुम तो माया वगैरह कर सकते हो ले आना तो यही शर्त लगी तो फिर ये आते हैं तो इस तरीके से आते हैं और फिर वो पी नहीं पाते हैं सर मतलब थोड़ा जी में छट पाते हैं बता रहे इसलिए कट जाती है तो फिर दो हो जाते हैं ऐसे करके जी होते हैं ना ऐसे करके दो निकलती हैं क्योंकि थोड़ा घास में कुछ लगा रह गया था ना तो घास को चाटते हैं तो घास पहनी होती है तो उस घास से बताते हैं कि वो मुख में उनका वो रहता है ज़्यादा तो इस तरीके से फिर वो ले जाते हैं तो ये सुन के मतलब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि तुमने कितने अच्छे से मतलब अपनी माँ का वो किया तो बताओ क्या वर चाहते हो मतलब मैं तुम्हें दो वर देने तैयार तक तो फिर वो कहते हैं कि एक बार तो मुझे चाहिए कि मैं आपका वाहन बनना चाहता हूँ और दूसरा मैं अमर होना चाहता हूँ तो वहां के इसलिए वरुण अमर है और विष्णु के वाहन है पर एक बार वो उनको वरुण देव को वरुण बोला मैंने करुण बोला अच्छा गरुण बोला लेकिन वरुण और अरुण ये दो हैं विनीता के दोनों भाई हैं अरुण और गरुण ऐसे करके तो जो अरुण है ना अरुण वो उनके पार पार्थ पाते सूर्यदेव के जो आते ना अरुण लाल माँ जो आती है स्टार्टिंग में रथ वो उन्हीं की वजह से ये बल्ले वो सुग्रीव और वो वो आए थे ना वो उन्होंने इंद्र चले गए थे वहां पे अपसरा बन के चले गए वो लम्बी कहानी है तो उसके बाद फिर एक बार क्या करी तो ठीक तो मेरे मेरे, मेरे मतलब तो तो है तो आओ। और जैसे ही अः भगवान विष्णु ने एक प्यार रखा गरुण के पंखे तो लहारे करके उड़ नहीं पा रहे वो तो कर रहे भगवान भगवान उड़ ही नहीं पा रहा मैं ऐसे करके फिर उन्हें लाई जाती की मैं तो समझ रहा था फिर कथा भगवान ने गीता में बोला है पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ यानी ये विभूति जो, जो शक्ति आ रही है उड़ने की मेरी वो तो कृष्ण से ही आ रही है आपसे ही आ रही है छ मांगते हैं फिर वो उड़ने लगते हैं ऐसे तो भी करते हैं तो पक्षियों में गरुड़ है तो इस तरीके से विभूति है भगवान की शक्ति है भगवान की तो हम समझ सकते हैं ठीक है हम पढ़ते हैं रात पर खाली पढ़ना है खाली ठीक है और कुछ समझना था समझा तो दिया ही मैंने सारा दिखी तथा अदिति दो बहनें थी आदित्य के पुत्र आदित्य यानी देवता कहलाते हैं और द्वितीय दैत्य यानी हरण्य का शुरू तो उसी में कहलाते हैं, ठीक है तो सारे आदित्य भगवत निकले और सारे दैत्य नास्तिक निकले यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे जो बता दिया कि कैसे थे अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं कौन प्रहलाद महाराज दमन के अनेक नियम है है ना अनेक नियम है दमन के किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को छीण कर देता है करता ना हर वस्तु छीड़ा तुम कैसे भी ले जाओ नहीं दिखेगी और काल के द्वारा वो धीरे धीरे छीड़ खत्म हो जाएगी नष्ट हो जाएगी बिल्कुल यहां तक हमारा शरीर भी सब चीज खाली आत्मा को छोड़ सारी चीज ध्वस्त कर देता है छींट कर देता है अतः कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली हिंसक होता है और पक्षियों के लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुण सबसे महान है तो आई होप की समझ में आ गया होगा ठीक है ओके okay, तो अब हम शुरू करते हैं थोड़ा धाम की चर्चा वृंदावन मथुरा धाम की जय अहो अहोभागस् देर्धम अहो भागस्य देविरधम अहो मोहस्य महिमा मथुरा नैव सेव्य क्या मूर्खता है क्या दुर्भाग्य है कैसा अद्भुत मोह है ये लोग मथुरा का सेवन नहीं करते हैं क्या एक तो मूर्खता है भैया धाम है यहाँ पे धाम में अगर एक क्षण भी कोई रह जाए तो उसे कितने सारे पुण्य फल मिलते हैं तो क्या मूर्खता है और दुर्भाग्य दुर्भाग्य मतलब कि पता है मथुरा है फिर भी लोगों का दुर्भाग्य के आ नहीं पा रहे हैं और मोह आपको जाना भी चाहे कि हम मथुरा जा रहे हैं यार क्या करोगे मथुरा जाके क्या है मथुरा में घर बैठे चलो तो मोह है हम नहीं जा सकते मोह है तो ये लोग मथुरा का सेवन ही नहीं कर रहे हैं मथुरा का रसपान ही नहीं कर रहे हैं आई नहीं रहे देख ही नहीं रहे मथुरा को सापदम संपदम ज्ञातवा संपाय काम उच्च कपलाम चंचला चै दृष्टि यह जानते हो कि संपद में है आपद संपद में है आपद मतलब लोग जानते हैं ना जो संपदा है मतलब किसी पे ज्यादा संपदा होती है बहुत सारा पैसा वैसा रौनक शौनक और यही आपद है और ये लोग नहीं जानते क्या भगवान कह रहे हैं कि, है कि संपदा है वही आपद है और ये सोचते कि संपदा होगी तो कोई आपद नहीं है संपदा नहीं है तो आपदा महान क्या कह रहे जो संपद में है वही आपद में है और यह जानते हुए कि इस काया में महान दुख है और भागी की देवी को चंचल देखकर मेरे मथुरा नगर की शरण लेनी चाहिए और कह रहे हैं कि ये जो काया है नहीं मनुष्य की इसी में दुख है कहना गीता में नहीं बोला है आ, कि बोलते ना कि मातृस्पर्श कौन थे है? होनी मतलब मतलब है मतलब मात्र मातृस्पर्श मतलब हमारे चंचल देख कर मतलब भागी देवी चंचल जो चंचला मानी जाती है जो लक्ष्मी है वो आज है कल नहीं है आज है कल नहीं है ऐसे करके तो मेरे मथुरा नगर की शरण ही नहीं लेनी शरण लेनी चाहिए पर लेते नहीं है इसका अंत पुराण मथुराखंड में कहा गया है कत्र बंधु पांडवा नाम सखा सांत्वता नाम प्रिय साक्षात कुलेश्वरा वह आपके बंधु हैं और पांडवों के सहुत सखा हैं है ना हमारे बंधु के सखा हैं सात सात वंशियों के प्रिय और साक्षात यादवों के कुल में कुल के ईश्वर भगवान का अंतर है, है। कृष्ण कमल कमल पात्राक्षा सोहोवर्ती राण सह देव हे युधि कमल नयन कृष्ण वहां बलराम के साथ वसुदेव एवं देव के घर में अवतीर्ण हुए हैं तो अब इन दोनों ने कहा लीलाएं करी मथुरा में कर्माणि माथुरे देशे तामपुरी को न सेवते मथुरा में किए गए अनेक अनेक कर्म महान विद्वानों के द्वारा गाए गए हैं ऐसी मथुरा पुरी का सेवन कौन नहीं करेगा देखो तो मथुरा में बहुत सारे महान महान विद्वान हैं द्वारा गाए गए हैं मतलब अनेक कर्म महान विद्वानों द्वारा गाए गए हैं मथुरा में किए गए अनेक अनेक कर्म महान विद्वानों द्वारा गाए गए हैं ऐसी मथुरापुरी का सेवन कौन नहीं करेगा जैसे कि शावरी मुनि हैं जो मथुरा में रहते थे ठीक है अने अनेक कर्म किए और अपने जितने भी सर्ण गोस्वामी हैं मथुरा में आए थे तो अनेक अनेक कर्म किए और विद्वानों द्वारा गाए जाते गाए गए हैं तो ऐसी मथुरा में कौन सेवन नहीं करना चाहेगा आदि बना पुराण में कहा गया है मथुरांच पर भ्रमित संसारे मोहितो मंग जो मथुरा को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर रहने में प्रसन्न होता है वह है बहुत आ, क्या बोलते हैं वह है बहुत भाग्यशाली है और बहुत आ, समझदार है और जो मेरी माया से मोहित होकर इस जन्म के जगत में भटकता है तो वो बहुत भाग्यशाली नहीं वो बहुत मूर्ख है तो जो मथुरा को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर रहने में प्रसन्न होता है वह मूर्ख है देखो एक तो हो गया कि हम शुरू से ही रह रहे हैं लेकिन कोई मथुरा में रह रहा है और सोचे यार यार मथुरा में क्या है यार कुछ ना कोई फैक्ट्री है ना कोई जॉब ना कुछ यहाँ से कहीं और चलते तो उसको क्या बोल रहा है मूर्ख है मतलब वहां पे रहने में प्रसन्न नहीं हो रहा कहीं और रहने की सोच रहा है या फिर और कहीं रहना चाहता है या अगर उसे मथुरा रहने का मौका मिल रहा है फिर वहाँ ना रहना रह के और कहीं रहना चाह रहे थे उसको मूर्ख बोल हैं जो मेरी माया से मोहित होकर इस जनमन की जगत में भटकता है अब माया तो मोहित कर ही रही है कि देखो मथुरा में क्या करोगे क्या है मथुरा यहाँ दिल्ली में रहो यहाँ पे फैक्ट्रियां हैं अच्छी अच्छी गैस फेंक रही हैं, उससे तुम जल्दी बीमार हो गए जल्दी हॉस्पिटल आओगे यहाँ रहो ना क्या दिक देखो बनावटी चीज नहीं दिखती कितनी बढ़िया दिखती ब्यूटीफुल मथुरा में दिखते पॉल्यूशन देखो कितना है तो ऐसे करके माया भ्रमित करती यहां रहो ना क्या करोगे तो भाई भगवान कह रहे हैं अरे भैया जो मथुरा को छोड़कर किसी और स्थान में रह के प्रसन्न होता है वह मूर्ख है वो समझ मथुरा यो न्यत्रोहित जो मथुरा को प्राप्त करके कहीं और जाने की इच्छा रखता है उस दुर्बुद्धि का क्या ज्ञान है वह तो अज्ञान के द्वारा विमोहित है कि उसने फिर भी और कहीं जाने की मथुरा में हो अ और चलते हैं वहां पे भी है ऐसा कोई सोच रहा है तो दुर्बुद्धि है मतलब उसकी बुद्धि खत्म हो गई मतलब बुद्धि सोच नहीं पा रहा है उल्टा सोच रहा है दुर्बुद्धि है यह क्या ज्ञान है वह तो अज्ञान के द्वारा विमोहित है ज्ञान थोड़ी है वो अज्ञान के द्वारा विमोहित है मथरा आश्रय हीनों का आश्रय है चैप्टर के नाम ये। मथरा आश्रय हीनों का आश्रय है। आदि पुराण में कहा गया है मात्रा पिता परित्यक्ता ये यक्ता निज जो माता पिता और निज बंधुओं के द्वारा भी त्याग दिए जाते हैं और जिनके पास कोई आश्रय नहीं है उनके लिए मथुरा एक आश्रय है क्या कह रहे हैं देखो जो माता पिता निज बंधु द्वारा भी त्याग दिए जाते होते हैं तो ना कि माता पिता छोड़ देते हैं या त्याग देते हैं या निज बंधु मतलब कि कोई दोस्त वगैरह बंधु वगैरह जो भी है रिश्तेदार जिनके पास कोई आश्रय ही नहीं है क्या करें कहाँ जाए रहने का खाना पीना ठिकाना नहीं है उनके लिए मथुरा एक आश्रय है क्यों क्योंकि वहाँ पे अः पे जो ऋषि मुनि वगैरह रहते हैं और वहाँ पे भगवान की लीलाएं चलती हैं भगवान का प्रसादन चलता है तो आश्रय है और आश्रय कौन है और कौन आश्रय भगवानी तो आश्रय है तो मथुरा आश्रय है इसलिए बोल रहे हैं इस, है। इस पर जिनका कोई आश्रय नहीं है उनका मथुरा ही आश्रय है जैसे कि ये। अब देखिए नहीं जब बूढ़े बूढ़े लोग हो जाते हैं तो फिर जब घर के लोग पुत्र वगैरह जाते ना तो मतलब इन, मतलब डायरेक्ट नहीं बोल पाते कि अब जाओ आप इनडायरेक्ट बोलते हैं क्या है? क्या है ये क्या कर दिया तुमने ये तो उसको समझ लेना चाहिए कि अब ना अब मेरे यहाँ से निकल जाना ही सही है तो फिर वो पुत्रों से कहता है कि पुत्रो अब मैं ना अब मैं वान में वान आश्रम में जाना चाहता हूँ तो फिर पुत्र कैसे कहेंगे हाँ ठीक है अब आपकी इच्छा है तो अब क्या कर सकते हैं मतलब बगा रहे हैं वो कह रहे हैं आपकी इच्छा है तो क्या कर सकते हैं ठीक है ठीक है जाओ तो जब जहाँ क्योंकि चाणक पंडित जी कहते हैं कि जहाँ हमारा सम्मान ना हो रहा हमें वहां से आगे चला जाना चाहिए जैसे मान लो अपने पुत्र कहीं पांच लोग हैं और वहां गए अब अगर तुम दो मिनट वहां खड़े रहे अगर तुमसे पूछ रहे हैं तो ठीक है लेकिन तुमसे कोई कुछ बोल इग्नोर कर रहे हैं आपस में कर रहे हैं तो तुम वहां क्या करो मतलब हड्डी में रहोगे खड़े हो आगे निकल जाना चाहिए तो जहाँ पे कोई सम्मान नहीं कर रहा है तुम्हारा जैसे कि कोई वेलकम नहीं कर रहा है तुम्हारा तो वहाँ से फिर आगे निकलना चाहिए कोई बात नहीं देखो हमारे आने से आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप लोग ठीक है हम आगे निकल जाते हैं मान लो कोई वेलकम नहीं कर रहा है तो, तो इसलिए चाय पंडित कहते हैं उसमें नीति में की हमें हर किसी का वेलकम करना चाहिए वेलकम वेलकम एक बहुत बड़ी चीज है जैसे ना एयरपोर्ट पर आ हम वेलकम करने जाते हैं या कोई कहीं से आ रहे हो वेलकम करने जाते हैं और मान लो कोई आ रहा हो वेलकम करनी ना कोई तो कहते हैं हारा थका इंसान कहीं से आ रहा हो अगर तुम अच्छा वेलकम करोगे तो उसकी थकान खत्म हो जाएगी और एक इंसान अगर हारा थका भी नहीं हो वेलकम नहीं किया तुमने तो उस हरा हो जाएगी मतलब इस तरीके से वेलकम करना चाहिए अच्छे से किसी ठीक है ओके तो फिर हम जा रहा है सत्रह हो गए कल करेंगे ठीक है कहाँ पे कौन सा श्लोक है सिक्सटी नाइन से करेंगे ठीक है ओके हरे कृष्णा हरे कृष्णा जगत गुरु शील की जय श्रीमद गीता की जय निता निता गौर प्रमान दे हरी हरी